खरगोन में पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर पलटने से भीषण हादसा हो गया टैंकर पलटने से करीब दो घंटे बाद टैंकर में धमाका हो गया खरगोन में पेट्रोल डीजल से तभी टैंकर में जोरदार ब्लास्ट हो गया ब्लास्ट इतना तेज हुआ की बीस साल की एक युवती का केवल कंकाल ही बचा साथ ही वहां मौजूद इक्कीस लोग झुलस गए बिस्टान थाना क्षेत्र के ग्राम अंजन गाँव में टैंकर टर्न पर अनियंत्रित होकर पलटा था टैंकर जा रहा था टैंकर पलटने चार हजार लीटर डीजल भरा हुआ था टैंकर पलटने के करीब दो घंटे बाद धमाका हुआ फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया जा सका पुलिस ने घायलों को एक सौ आठ एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया घायलों में सात बच्चे चौदह महिला पुरुष शामिल है अब तक सत्रह घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है चार का इलाज खरगोन जिला अस्पताल में जारी है आप देख रहे हैं दखल न्यूज